हाय गाइस uh, मेरा नाम तेजस है और ये uh, ये हमारा एक नया चैनल है रिव्यू पॉइंट uh, हमने एक्चुअली अभी अभी एक वीडियो डालने वाला है course, का uh, ट्रेलर रिव्यू uh, वो वीडियो हम डालने वाले हैं उससे पहले uh, मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा नया चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जैसे जैसे हम लोग वीडियो डालते जाएंगे मूवीज uh, के हो टेक्नोलॉजी के हो ट्रेलर के हो टीचर के हो गाने के हो, हो, स्टोरीज एक्सप्लेन वाले वीडियोस हो, तो मैं चाहता कि आप इस उस वीडियो को लाइक करे, शेयर करिएगा, और इस चैनल को रिव्यू पॉइंट इसको सब्सक्राइब करिएगा तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल द अंतिम ट्रुट इस मूवी के ट्रेलर के साथ चलिए कोई मिनिस्टर है जो हम तुझे वीआईपी ट्रीटमेंट दें तेरे जैसे की लिस्ट है हमारे पास जिनका शपथ विधि विधि होने से से पहले ही हो गया ये दो टके के के के गुंडे वजह ना तुम्हारे जैसे बहुत सारे वालों के घर चलते हमारे फेंके हुए टुकड़ों पे जीते हो तुमने लोग मौका मिला तो मैं तुझे तुम्हें। एक स्पेशल चाय पहले बोलना सीख तू सिखा दे चाय बोलते हैं उसको आज से हमारी बंद आधी आधी रोटी खाएंगे लेकिन खाएंगे लेकिन मेहनत की मैं आधी नहीं खाऊंगा मैं पूरी थाली खाऊंगा वो भी स्वीट के साथ आपने महाभारत पढ़ी है पड़ी नहीं लेकिन टीवी पे देखी महाभारत का हीरो कौन था अर्जुन कृष्ण भगवान इसका मतलब हम कुछ नहीं करेंगे करेंगे दिमाग से खेलेंगे। जिस दिन सरदार दी हटेगी सब दी दीप हटेगी इसका मारे हुए का का अंगूठा भी अंगूठा ही होता है इनको ऐसा लग रहा है कि ये कर रहे हैं लेकिन करा तो बाजी है आ! मेरी भी पैदाइश महाराष्ट्र की ही है लेकिन मैं तेरी तरह गुंडा नहीं बना मैं बना गुंडे दा बाप पुलिस वाला साहब अपून अलग है अपुन टिका रहे इस दुनिया में कुछ नहीं टिकता सिवाय प्लास्टिक के तो आप ऐसा समझो के अपुन प्लास्टिक जरा ठेवा तू जानता है क्या अपुन पुना का नया भाई है तू पुणे का नया भाई है मैं पहले से हिंदुस्तान का भाई हूं सरदार की हट गई हो हो हो हो हो, क्या होर है ये ओहो oh, oh, रोंगटे खड़े हो गए हाथ पे माइंड ब्लोइंग ट्रेलर अंतिम का गाइस ओहो वॉट अ बैकग्राउंड म्यूजिक एब्सोल्यूट स्टनिंग वन इन रिसेंट मूवीज़ जितने भी बॉलीवुड में में या इस देश में बने हैं, आई गेस केजीएफ के बाद अगर किसी का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना पावरफुल, इंटेंस अगर है तो वो इस मूवी का है अंतिम तो फाइनल ट्रूथ का हेड्स ऑफ टू देम। सलमान खान की क्या बात करे भाई वो तो सुपरस्टार है नाम से ही बहुत कुछ है लेकिन क्या बॉडी कमाई इस बंदे ने आ हो हो हो। आप आयुष शर्मा की बात कर रहे हैं तो लव बॉय से सीधा विलन बॉय हो गई इस पिक्चर में और क्या क्या क्या एक्सप्रेशन है प्लेम एंड लुक इज इज एक्सप्रेशन माइटी एक्सप्रेशन माइटी एक्सप्रेशन यूल पोलिस स्टेशन वाला सीन वह वो कहते हैं कि हमारे टुकड़े की वजह से आप पुलिस वालों के घर चलते हैं फिर सलमान खान उसे पकड़ लेता है और जिस तरीके से उसने वो एक्सप्रेशन दिए ना वो माइटी दी इस मूवी में साइको टाइप ऑफ विलेन ऑफन दिखाया गया इस मूवी में और जब ये थिएटर पे आएगी गए 26 नवंबर को ये रिलीज होने वाली है 26 नवंबर दो हजार इक्कीस को तो आ... गाइस वंडरफुल क्या ट्रेलर है ये ओ हो खड़े हो गए हाथ पे Mind blowing trailer ka guys. Oh, oh. oh, what a background music! Absolute stunning one. Um, in the उंड म्यूजिक जितने भी बॉलीवुड में या इस देश में बने हैं आई गेस KGF जी एफ के बाद अगर किसी का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना पावरफुल इंटेंस अगर है तो वो इस मूवी का है अंतिम truth का Hats off to them. सलमान खान की क्या बात कर रहे हैं भाई वो तो सुपरस्टार है नाम से ही बहुत कुछ है लेकिन क्या बॉडी कमाई हो हो। तो क्या, क्या, क्या, क्या है ट्रांसफॉर्मेशन डन इन दिस प्लेम लुक इज एक्सप्रेशन माइटी एक्सप्रेशन माइटी एक्सप्रेशन यू सी इन दैट पोलिस स्टेशन वाला सीन वह वो कहते है कि हमारे टुकड़ों की वजह से आप पुलिस वालों के घर चलते हैं फिर सलमान खान उसे पकड़ लेता है और जिस तरीके से उसने वो एक्सप्रेशन दिए ना वो माइटी दिए इस मूवी में साइको टाइप ऑफ विलेन विलन दिखा गया इस मूवी में और जब ये थिएटर पे आएगी 26 नवंबर को ये रिलीज होने वाली है 26 नवंबर तो, 2021 को तो ब्लॉकबास्टर एब्सुलट ब्लॉकबास्टर मूवी अंतिम द फाइनल थ्रू डोंट फरगेट महेश मांजर सर उनका डिरेक्शन क्या होता है ना कि डायरेक्टर आपका अगर पावरफुल हो तो मूवी भी <laughs> सुपर हिट ही होगी और छब्बीस नवंबर को हम सभी इस देश के लोग और आई गेस इंटरनेशनल लेवल पे जिस देश में ही मूवी रिलीज होगी हम सभी उसके एक, एक, एक कहते हैं ना कि यार एक ऑफ प्राउड फीलिंग अंतिम द फाइनल थ्रू जैसा मूवी सलमान खान एक्टर महेश मांझरकर जैसे डायरेक्टर के साथ मूवी आ रही है थिएटर में धमाका होगा 26 तारीख को भैया कह रहा मैं आपको और इसी के साथ मैं आपसे यही विनती करूंगा गाइस ये हमारा नया चैनल है रिव्यू पॉइंट जिसके तहत हम मूवीज के टीजर ट्रेलर आ, स्टोरी के ऊपर हम ध्यान देंगे हम एक्सप्लेन करेंगे क्या इस मूवी की स्टोरी है म्यूजिक ट्रेलर टीजर सहित टेक्नोलॉजी बेस कि क्या टेक्नोलॉजीज आ रही है मोबाइल कौन से आ रहे हैं इसका भी रिव्यू हम जल्दी करने वाले हैं तो बस आप सभी का आशीर्वाद चाहिए था और अगर आप आशीर्वाद सब्सक्राइब के रूप में देंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी और इस चैनल के तहत जितने भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उस वीडियो को आप लाइक शेयर करेंगे ऐसा मुझे यकीन है